तुम मानोगे। फर्स्ट ब्लड। फाका बनम और चे बच्चे इसने गांड फाटी

गया तो लाइको शेद ठोक दीजिए महाकाल का ठोक पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा